तो लोग आज हम लोग एम एल जी करने वाले हैं फाइनली आज जाके हम लोग की एमएलजी की वीडियो आ चुकी है मैंने पहले बहुत पहले की वीडियो में बोला था मतलब अभी से दो तीन पहले दो तीन वीडियो पहले बोला था जो कि दो तीन महीने पहले आई थी बहुत वीडियो लेट हो रही है आजकल इसलिए तो बहुत पहले बोला था मैंने आज वो वाली वीडियो आ चुकी है और ये जो है ना 200-200 ब्लॉक की जंप का है तो गए सोच लो तुम लोग के 200-200 ब्लॉक की जंप कितनी मतलब कितने हाइट पे होती है 200-200 ब्लॉक दो की जम्प तो चलो अभी यहाँ पे ये है वाटर बकेट की है बेल्कि और स्लैम ब्लॉक और ये हेल्थ कुछ लिखेला है वो मेरे को मालूम लेकिन वो मेरे को मालूम है की एम तो नहीं आगी एस इच बटन दिया आएगा तो ये देखो यहाँ पे तीस चालीस सत्तर अस्सी कितना मतलब दो सौ तलग और यहाँ पे लिखा है ब्लॉक दो सौ ब्लॉक की जंप से अगर हम लोग ये ये दो सौ ब्लॉक की जो जंप है इसमें हम लोग हे बल्ले अगर जंप मारेंगे तो अगर एमएलजी भी हम लोग करेंगे ना तो भी हम लोग मर जाएंगे क्योंकि वो दो सौ ब्लॉक जंप ना बहुत हाइट पे रहती है इसलिए ये बेल की एमएलजी हम लोग को बचा नहीं सकती क्योंकि है डैमेज होते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग वाटर बकेट ले गए और वाटर बकेट का मतलब मेरे लिए तो थोड़ा आसान ही है क्योंकि ऐसा मतलब मैं थोड़ा बहुत करते रहता हूँ बीच बीच में तो यहाँ पे एक रिस्टार्ट बटन है तो इससे कुछ हो तो रहा है नहीं छोड़ो से ऐसे दिया जाएगा सबसे पहले ये दस ब्लॉक की जम्प करेगा और तो आसान ही पे देखो ये कर लिया भाई साहब ये पहले में हो चुका है मेरा मतलब ऐसा दस ब्लॉक की जंप का और इसको अभी दबाते लेकिन सुनो मेरे ख्याल से ना ये जो दस ब्लॉक की जंप है वो इस साइड सामने की तरफ करने गए हम लोग को क्योंकि जब ही सामने ऐसा दिया है ऐसा रोड टाइप दिया है कुछ तो इधर हम लोग को करना है ऐसे और ये भी फिर से पहली बार हम लोग का दस ब्लॉक की जम का हो चुका है अभी बीस ब्लॉक की जम का बाकी है तो ये हम लोग बटन दबाए और अभी बीस ब्लॉक की जम्प हो गई एकदम ये दस बीस ब्लॉक के जो भी जंप है एकदम आसान है तो इसलिए ये सब इजी से हो जाएगी लेकिन आगे की जो मतलब जंप आने वाली है ना भाई साहब बहुत हार्ड है तो ये करते हैं हम लोग अरे अच्छा। भाई साहब मतलब मरने के बाद प्लेस कर रहा हूँ पानी को चलो कोई बात नहीं फिर से हम लोग मतलब करते हैं ये 30 ब्लॉक की जंप पहले एक सेकंड यहाँ पे पीछे भी एक बटन है तो इसको अरे क्या हो गया ये पानी दल गया है उठ भी नहीं रही। दब बटन दब जा रहा है पानी के अंदर से कैसे उठ रहा है मैं इसको तो फाइनली हम लोग वहाँ पे जाके उठा लिया है मतलब बटन को तोड़ना पड़ा था और ये तीस ब्लॉक की भी हम लोग से हो चुकी एकदम आसानी से अभी चालीस ब्लॉक की जम्प बना ली फिर पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ फिर सौ के पास दो सौ ऐसा है और ये हो चुका है ये 40 ब्लॉक की जंप हम लोग की हो चुकी है कंप्लीट और अभी हम लोग करेंगे 50 ब्लॉक की जंप तो ये तो भाई चलो ये कोई बात नहीं पहली बार नहीं हुई मेरे से तो चलो अभी हम लोग फिर से करते हैं यस गाइस ये भी है हम लोग से 50 ब्लॉक की जंप और अभी 60 ब्लॉक की जंप है मतलब 10 दस करके अभी शुरू शुरू में बढ़ रही है और यहाँ पे ओ भाई ये पहली बार में हो गया तो चलो आगे का हम लोग का अभी बाकी है बहुत सारे लेवल अभी बाकी भी है मतलब हे बेल का हे बेल में भी सबको एक एक करके करना पड़ेगा मेरे को हे बेल का बाकी है अभी और अभी ये हम लोग जम मारे ये भी घास हम लोग का हो चुकी है ये अली एमएलजी मतलब ऐसा सत्तर ब्लॉक के ऊंचाई पे जाके मैंने जम मारा और यहाँ पे अरे भाई साहब अस्सी ब्लॉक की जम तो हुई नहीं चलो कोई बात नहीं फिर से हम लोग करते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग उछल रहे हैं, तो गा ये भी हम लोग से जाके हो चुकी है अभी और अभी हम लोग की बाकी है नब्बे ब्लॉक की जम उसके बाद सो आएगी फिर सीधा दो आएगी तो अरे ये क्या हो गया अरे अरे अरे ये तो होना ही था भाई साहब ये क्या हो गया मतलब इसमें पानी डाल गया इसको कैसे उठाओ हद है अरे क्या हो रहा है कब से चलो कोई बात नहीं फिर से हम लोग करते हैं अभी मतलब लग... hours later तो अभी हम लोग यहां पे हो चुका है मतलब पूरा ठीक वाटर हम लोग ने उठा लिया और अभी हम लोग यहां पे जम्प मारे चलो no, God, please, no. नहीं हुई है ये अभी एम तो फिर से अभी करते है हम लोग और ये हम लोग अभी जम्प मारते है अरे करता है क्या क्या मालूम हो हो रहा रहा है पे पे मतलब ही नहीं भाई साहब ब्लॉक के जंप वैसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो अब तो मैं करके करूंगा भाई सब मतलब हर बार यही हो रहा है भाई अब करूंगा मैं देखना <laughs> तो बस ये फाइनल जाके हम लोग हो चुके हैं नब्बे ब्लॉक की जंप और अभी बस दो लेवल और बाकी है नब्बे ब्लॉक से सीधा हम लोग जाएंगे सौ पे उसके बाद सीधा क्योंकि मेरे को आ चुकी ये नब्बे ब्लॉक की जंप इसलिए मैं बाय बाय कर रहा हूँ दो सौ पे पहले ये मैं नब्बे ब्लॉक की जंप मैं फिर से करूंगा तो चलो अभी हम लोग सौ ब्लॉक के जंप को करते हैं जल्दी से और ये सौ ब्लॉक की जंप पे हम लोग जा चुके हैं मतलब एकदम ऊंचाईयों पे और यहाँ पे भी हम लोग का हो चुका है मतलब एकदम अच्छे से सौ ब्लॉक की जंप अब लास्ट वाली जो है ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाली जंप 200 ब्लॉक की जंप है और इसको भी मैं फिर से करूंगा मतलब ऐसा मतलब देखने के लिए के आता भी नहीं लेकिन मेरे आ गया तो अभी सौ ब्लॉक की जंप तो हो चुकी है दो बार अभी आने वाली है सबसे हार्डेस्ट जम्प दो ब्लॉक के जम्प तो चलो अभी हम लोग जंप मार चुके है यहाँ से अबे ये नहीं हो रहा चलो कोई बात नहीं फिर से करते हैं है यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं फिर से बहुत देर बाद इतनी बार मरने के बाद भाई साहब ये ये भी हम लोग से हो चुकी है एकदम अच्छे से 200 ब्लॉक की जंप दो तो यहाँ पे 10 ब्लॉक की जो जंप है ये तो एकदम इजी है ये सब एकदम आसान हो गई है तो चलो गायज अभी तो हम लोग हे बेल वाली करेंगे ये मतलब थोड़ी हार्ड है मतलब मैंने कभी हे बेल की तो नहीं किया इसलिए मतलब होएगी नहीं देखो मालूम था मेरे को इसलिए मतलब मेरे लिए तो बहुत हार्ड है तो देखते है कैसे होता है भाई नहीं हो रहा सही में अब ये क्या हो गया ऊपर मैंने पानी डाला था और अभी जाके नीचे आ रहे हैं भाई सॉप तो गाय यहाँ पे हम लोग का पूरा मतलब ऐसा ऊपर से जो पानी आ रहा था वो अभी खत्म हो चुका है और अभी हम लोग करेगी दस ब्लॉक की जम्प पहले यहाँ पे हम लोग जंप मारे ये हो चुका है बिना कोई डैमेज के और ये और ये बीस ब्लॉक की जो जंप है ये भी मतलब सेम ही थोड़ी सी ये भी हो चुकी है एक हार्ड गया है कोई बात नहीं फिर से करते हैं अभी थर्ड वाली जो के तीस ब्लॉक की जंप भाई ये नहीं हुआ मेरे से चलो कोई बात नहीं फिर से हम लोग देखते हैं हाँ तो ये भी हम लोग से हो चुका है दो हार्ड गए हम लोग के इसमे और अभी हम लोग की आने वाली है चालीस ब्लॉक की जम्प अब ये नहीं हो रहा मेरे से चलो फिर से करते है कोई बात नहीं यहाँ पे अभी हम लोग जम्प मारे भाई क्या हो रहा है कब से ये, ये मतलब हे की मेरे को मालूम था मुश्किल है थोड़ी लेकिन इतनी भी नहीं थी मेरे को मालूम नहीं था इतनी भी है और ये गाइस हम लोग से हो चुकी है ये वाली एमएलजी भी एकदम अच्छे से और अभी आने वाली है ये मेरे ख्याल से पचास ब्लॉक की जम्पचास तो ये भी हम लोग से हो चुकी है एकदम अच्छे से कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बस यहाँ पर हम लोग साठ ब्लॉक के जंप आ चुके है ये भी हम लोग से हो चुका है ये भी तो फिर से हम लोग अभी यहाँ पे गायस ये रेड वाला करते है और किस साइड था बस है अब उल्टी साइड कर दिया गलती से चलो कोई बात नहीं अभी हम लोग मतलब फिर से करना है क्योंकि हमें उल्टी साइड नहीं करना था मेरे को और गैस ये भी हम लोग से हो चुका है एकदम अच्छे से मतलब रेड वाला लेवल मतलब बहुत ऊंचाई पे है भाई और ये भी हम लोग से अभी देखते होता है क्या नहीं गाइस ये भी हम लोग से एकदम अच्छे से हो चुका है और अभी लास्ट वाला है क्योंकि ये है बेल ये जो दो ब्लॉक के जम्प है उसमें नहीं उछलना चाहिए वरना हम लोग फिर से मर जाएंगे अरे चलो कोई बात नहीं अभी फिर से करते हैं हम लोग देखते हैं और ये हम लोग जंप मारे हैं अरे भाई साहब सौ ब्लॉक के जंप वैसे बहुत हार्ड है चलो कोई बात नहीं कर लेंगे देखते हैं तो बस ये भी हम लोग से हो चुकी है और भाई सब एक हार्ट बचा है मेरा एक हार्ट भाई और अभी जो एमएलजी आने वाली है वो है स्लैम ब्लॉक की जम जो कि एकदम इजी होने वाली है क्योंकि हे की पहले कर चुका हूँ और स्लैम ब्लॉक की की दोनों एक जैसी है इसलिए देखो पहली बार में हो जाएगा मेरे से देख रहे हो भाई मतलब तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं चाहिए से कई क्योंकि डेमेज पड़ता है इतना मालूम पड़ चुका है मेरे को इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगाने के बाद तो चलो अभी मतलब थोड़ा बहुत डैमेज तो लेना ही है हम लोग को वैसे भी तो चलो ये हम लोग का अभी तीसरा लेवल आ चुका का है जो कि थर्टी ब्लॉक की जंप का है और ये मैंने दो काइकल लगा दिया भाई मेरे को खुद को नहीं मान पड़ा मैंने दो कप लगाया गलती से दब गया आएगा तो चलो अभी हम लोग यहां पे चालीस ब्लॉक की जंप और भाई क्राउस भी नहीं कर सकते क्राउस करने से भी डैमेज पड़ता है तो चलो अब ये 50 ब्लॉक की जंप जो के हुई नहीं मेरे से फिर से करते हैं अभी और ये वाली 60 है और ये 50 है तो 10 10 करके बढ़ती है मैंने पहले बोल दिया था तो ये हम लोग तो करते हैं 50 ब्लॉक की जंप ये हम लोग तो से एकदम आसानी से हो चुकी है यह गाड़ी आ चुकी है 60 ब्लॉक की जंप ये भी आसानी से हो चुकी है अगले लेवल पे चलते हैं गाइस ये है 70 ब्लॉक की जंप ये भी आसानी से हो चुकी है एकदम हे बेल की तरह सेम से मतलब एकदम ईजी है तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है दो का तो अगले लेवल ले ले पे जो के है अस्सी ब्लॉक के जंप तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है नीचे तलक तो चलो कोई बात नहीं और ये भी हम लोग से हो चुकी है एकदम आसानी से सबसे ज्यादा हार्ड दो ब्लॉक के जंप होने वाला मेरे को मालूम है भाई बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है तो चलो गाये हम लोग की नब्बे ब्लॉक जंप जो धोखे नहीं हुई है पहली बार में चलो कोई बात नहीं आप फिर से करते हैं और ये गाड़ी ये भी हम लोग से हो चुके एकदम 90 ब्लॉक की जंप और अब बस दो लेवल बाकी है 100 ब्लॉक और 200 ब्लॉक भाई मतलब बहुत हार्ड होने वाला है वो यहाँ पे ये 100 ब्लॉक भी हम लोग से हो चुका है एकदम आसानी के साथ और अब बस लास्ट वाला बाकी है जो क्या है ये न द वाला भाई मतलब देखते है शायद पहली बार में नहीं हुए अच्छा नहीं बहुत अच्छी में पहली बार में चलो कोई बात नहीं है फिर से क्लिक करते हैं इस पे अब बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से गाड़ी अरे भाई नहीं हो रही भाई ये मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है मेरे को लगा ही था चलो फिर से करके देखते हैं Stop it. भाई साहब मतलब हर बार हार रहा इतना नहीं मानता मेरे को आप हो जाएगा गाइस एकदम अच्छे से तो बस ये फाइनल जाके हम लोग का ये लास्ट वाला लेवल भी कंप्लीट हो चुका एकदम आसानी के साथ तो भाई बहुत ज्यादा मतलब सारी एम एल हो चुकी है ये है स्लैम लग के और हेल्थ क्या है ये मेको दबा के देखो जरा ये क्या मिला है मेको एक सेकेंड री जनरेशन है अगर री है ये पहले मैं डैमेज लूंगा उसके बाद अगर दबाया और एच बढ़ी तो